अब इंदौर का नाम बदलने की मांग जोर पकड़ रही है भाजपा विधायक रमेश मेन्दोला ने इंदौर का नाम बदलकर अहिल्या नगरी करने की मांग की है इस मसले पर इंदौर के तमाम लोग एक राय नहीं है लेकिन अधिकांश लोग मेन्दोला की बात से सहमत हैं। इंदौर क्षेत्र क्रमांक दो के विधायक रमेश मंदोला ने कहा की इंदौर कोई नाम होता है क्या इंदौर का नाम भी अहिल्या के नाम पर अहिल्या नगर किया जाना चाहिए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 राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आप आपके आप देख रहे हैं दखल न्यूज